हेलो नमस्कार दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल वायरल दीप पे आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है जो मैं इस चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूं और मैं इस चैनल पे यूट्यूब से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बनाऊंगा ताकि नए नए क्रिएटर्स जो यूट्यूब को ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए करियर वो मेरी वीडियो देख के काफ़ी इंस्पायर हो सके मैं उनको बताऊंगा कि 1000 सब्सक्राइबर आप कैसे पूरा कर सकते हैं 4000 थाउजेंड आर्स कैसे आप अपनी वीडियो पे ला सकते हैं ताकि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए ऐसे बहुत सारे चीज़ें टेक्निकल चीज़ें मैं अपने YouTube चैनल पे शेयर करूंगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और फ्यूचर में नोटिफिकेशन पाने के लिए जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए तो उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और ऐसी प्यार बनाए रखिए धन्यवाद थैंक यू